सच्चाई है, उतना इस बात में भी सच्चाई है कि बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है इसलिए अगर आगे के 10-15 बरस के रास्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस रास्ते से आप आए हैं पिछले 10-15 सालों में वो रास्ता आपको वहां पर नहीं पहुंचा प्रशांत की किशोर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को बिहार के पिछड़ेपन का कारण बता रहे हैं तो आज गुजरात पिछड़ा है भारत एक महामारी को झेल नहीं सका बेरोजगारी चरम पर है भारत में महंगाई वैश्विक स्तर को प्राप्त कर लिया विकासशील देश का पहचान भी भारत खो दिया भूखमरी में अब भारत अपने पड़ोसी देशों से पीछे हो गया ये सब संभव हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री व भारत के प्रधानमंत्री बनाने का पूरा श्रेय प्रशांत किशोर को ही जाता है ऐसा स्वयं ये स्वयं तथा लोग भी कहते हैं फिर इस हिसाब से आज भारत आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक दशा दुर्दशा का सामना कर रहा है उसका जिम्मेदार प्रशांत किशोर को क्यों नहीं माना जाना चाहिए नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीन दहाड़े ये आरोप लगा दिए कि आज बिहार के पिछड़ेपन का कारण जो हैं लालू प्रसाद जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं ऐसा उन लोगों को कहना है ऐसा उन लोग कहते आए हैं जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं ऐसा गरीब और वो लोग कहते आए हैं जो गरीब पिछड़े लोगों को आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक रूप में विकास को देखना नहीं चाहते ऐसे लोगों को देश में भागीदारी को भागीदारी को देखना नहीं चाहते ऐसे लोगों को देश में भागीदारी आर्थिक भागीदारी सामाजिक भागीदारी ना बढ़े में विश्वास रखते हैं ऐसे लोग ऐसे लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि पिछड़े लोग पिछड़ा ही रहे देश के ऊंच पद पर न बैठे ऐसे लोगों का कहना ऐसे लोग ही कहते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी हैं आज 2022 में प्रशांत किशोर किशोर भी सिद्ध कर दिए कि हम मोदी के भक्त हैं यदि आप सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर देशभक्त हैं मोदी भक्त नहीं हैं तो आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर का आज तक का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही रहा घूमता रहा है वर्ष 2012 में गुजरात लेजिस्टिव असेंबली इलेक्शन में मोदी को जीत दिल, दिलाने वाले प्रशांत किशोर जी को ही माना जाता है यही हैं वर्ष 2014 में इंडियन जनरल इलेक्शन में मोदी को जीत दिलाने वाले और भारत के प्रधानमंत्री बनाने स्पष्ट बहुमत दिलाने वाले नरेंद्र मोदी को बीजेपी को भारत में ए प्रशांत किशोर का ही श्रेय जाता है इन्हीं को श्रेय लोग मानते हैं वर्ष 2015 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में जदयू जदयू को जीत दिलाने वाले दिलाने का श्रेय भी प्रशांत किशोर को ही जाता है आप ये ये जानकारी हम गूगल के विक्यापीडिया से प्राप्त किए हैं आप जा कर के वहाँ जा कर के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और इसकी पुष्टि कर सकते हैं आप क्या इससे साफ़ नहीं होता कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के लिए काम किए हैं आज तक किसी खास नेता व विचारधारा के लिए लंबे समयों तक काम करने वाला व्यक्ति के अंदर सी अचानक भक्ति का आना को अच्छा संकेत मानने मानने का मतलब साफ है कि धोखा खाना ये वही प्रशांत किशोर जी हैं जो भारत के ऐसे लोगों को भारत के लोगों को शिक्षा का अधिकार रोज़गार का अधिकार सूचना का अधिकार जैसे अनमोल अधिकार प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हटाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जो आज भारत को आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य अन स्थिति में स्थिति में नीचे पैदान पर लगातार खड़ा करते जा रहे हैं देश को दुर्दशा की स्थिति में ढकेलते जा रहे हैं यदि बिहार के लोग प्रशांत किशोर के इस चाल में फंस गए तो आप बिहार के लोगों को भी वैसा ही मुख्यमंत्री मिलने वाला है नरेंद्र जैसे भारत को प्रधानमंत्री एक नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है और फिर ताली और थाली बजाते रहिएगा कुछ होने वाला नहीं है यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद